मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान को लेकर कई घोषणाएं की सीएम ने किसानों की फसल का नुकसान होने पर मुआवजे की राशि डबल करने की बात कही जिससे किसान काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की मुख्यमंत्री शिवराज ने वन्य प्राणियों के हमले से मौत होने की स्थिति पर आश्रित परिवार को आठ लाख की मुआवजे की राशि घोषित की है पहले मुआवजे की राशि चार लाख थी जिससे आश्रित परिवारों का गुजर बसर नहीं हो पाता था दरअसल वनवासी समाज के हितों से जुड़ा पैसा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू हुआ है इस दौरान चौहान ने वन प्राणियों से फसल नुकसान के भी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है सिंचित भूमि पर नुकसान होने पर जो राशि पहले सोलह हजार मिलती थी वो अब तीस हजार कर दी गई है वहीं इसके अलावा असिंचित भूमि पर फसल नुकसानी को आठ से बढ़ाकर सोलह किया गया है किसानों के हित में की गई इस घोषणा से किसान खुश है खासतौर पर बीटीआर सीमा से सटे किसान जिनकी फसल को हमेशा वन प्राणियों से खतरा रहता है उनके लिए ये घोषणा वरदान साबित होगी किसी इंसान की मृत्यु होती है बेटा बेटी की मृत्यु होती है तो अभी केवल चार लाख रुपए की राशि दी जाती है परिवार को पीड़ित परिवार की उस राशि को बढ़ा मैं आठ लाख रुपया कर रहा हूँ भगवान न करें ऐसी घटना हो लेकिन ऐसी घटना में अगर किसी की जान जाती है, तो उसके परिवार का ध्यान रखना यह हमारी ड्यूटी है घायल का इलाज और उनको कंपनसेशन की व्यवस्था है उसको और बेहतर करने की जरूरत है तो हम और बेहतर करेंगे और इसलिए एक बार उसकी पूरी समीक्षा करेंगे हमने प्रावधान किया है कि सिंचित फसलों में अगर पचास हजार परसेंट से ज़्यादा नुकसान वन्य प्राणियों के कारण फसलों को होता है तो सिंचित फसल में 30,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि असिंचित फसल में 16,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत राशि उनको मिले क्योंकि फसल का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हमको करनी चाहिए मुझे पता चला कि उसमें देर लगती है तो हम एक ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे कि तत्काल क्षति का आकलन हो जाए और राहत की राशि किसानों को मिल जाए